जब लड़का लड़की को देखने आता है तो तो कैसे यूपी की भाषा में बात करते हैं? हैं। तक पढ़ाई छुड़ाई गई रोटी लेता? हम लेते और सब्जी और सब्जी बनाई लेते हैं क्या क्या की सब्जी बनाई ले तो आलू की मेथी की गोभी की भिंडी की सब सभी तरह की बनाई लेते हैं।, बनाए का। बनाए लेते हैं। ना तो इतनी देर से है।, नहीं लगो है। देखने या काम वाली देखने आयो है बड़ी गाय खान वालों। बना लेते वो बनाई लेते हैं। ये चप्पल दिया अभी उतर से मुंह जी जाए